जन्म जन्म जन्म साथ चलना प्रसंग तुझे पसंद एक गां है भले दो जुड़ा मेरी हो गए शाही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना